हाई मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोद सीकर में कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे इको के बारे में 2D इको क्या होती है और क्या इसका यूज होता है तो ईको कार्डियोग्राफी एक सिंपल है बेसिक टेस्ट है जो पेनलेस होता है और इसमें कोई रेडिएशन का रिस्क भी नहीं रहता है और ये ट्वेंटी आवर अपन कभी भी इसको कर सकते हैं टू डी से अपन हार्ट के बहुत सारे अपन जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर उसके बारे में जान सकते हैं जैसे हार्ट की पम्पिंग पावर कितना है वो अपन जान सकते हैं और हार्ट के जो वाल हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं या वाल में कोई दिक्कत है तो वो अपन देख सकते हैं या वाल का जो डिजीज है वो प्रोग्रेस कर रही है उसको अपन फॉलो कर सकते हैं 2डी डी के द्वारा 2डी इको से अपन हार्ट में जैसे कोई होल है या कोई कंजनाइटल डिजीज है वो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि हार्ट में कोई एस डी ये तो नहीं है या फिर कोई वाल का लीजन तो नहीं है कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ जैसे इन्फेक्टिव एंडोकॉर्डाइटिस हुआ है अ वो नहीं है कोई या फिर जैसे हार्ट अटैक होता है तो उसमें जो कोई एक रीजनल वाल मोशन एबनॉर्मलिटी आ जाती है यानी हार्ट का कुछ ऐसा पंपिंग सही नहीं कर पाता वो अपन देख सकते हैं हार्ट में कोई चैम्बर में कोई ट्यूमर है या कोई गांठ बन जाती है खून का थका जम जाता है वह अपन इसमें देख सकते हैं एकोमें या अपन जो फॉलोअप कर सकते हैं यानी कोई अपने मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट करा है कोई हार्ट की डिजीज का उसको अपन फॉलो कर सकते हैं इवमेंट हुआ है वो अपन देख सकते हैं तो इको एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिससे अपन बहुत सारी चीज़ें हार्ट की अपन पता कर सकते हैं इको के लिए जो पेशेंट रहता है उसको कोई ज़्यादा स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है या जो भी लोग इको के लिए आते हैं वो रूटीन अपना खाना पीना करके आ सकते हैं दूसरा अपनी मेडिसिन जो भी उनको चल रही है वो मेडिसिन कंटिन्यू रख सकते हो उसमें कोई भी मेडिसिन उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है और कपड़े अपने जैसे लूज या टाइट जो भी वो पहन के आना चाहिए वैसे कपड़े पहन के आ सकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में कई बार यदि जूत पड़ी तो अपन हॉस्पिटल का गाउन रहता है वो एक्स्ट्रा उनको मिल जाता है और इसके अलावा इसमें एन भी नहीं होता है कई बार जैसे प्रोब रखा पसली पे यदि प्रेशर लगा तो कुछ डल टाइप का पेन हो सकता है लेकिन वो इतना सिवियर पेन नहीं होता है और कई बार जैसे प्रोब के ऊपर अपन जेल लगाते हैं जिससे कि हार्ट के स्ट्रक्चर क्लियर दिख जाए तो वो अपने को ठंडा ठंडा फील हो सकता है इको करने के लिए अपने को हार्ट के तीन जो बेसिक व्यू अपन लेते हैं यानी हार्ट को अपन अलग जगह से तीन अलग अलग, अलग, अलग, अलग, अलग जगह से अपन देखते हैं और उसमें हार्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर अपने को दिखते हैं तो सबसे पहला अपन बात करें पैरा लॉन्ग एक्सिस व्यू पैरा लॉन्ग एक्सिस यू का मतलब अपन स्टनम के पास में प्रोप रखते हैं और प्रोप का मूव इधर राइट शोल्डर की तरफ करता रहेगा और उसमें अपने को हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम है लेफ्ट वेंटिकल है माइटल वॉल है अरोटिक वॉल है अरोटा है राइट right वेंटिकल है पेरी कार्डियम है और डिसेंडिंग अरोटा ये सारे स्ट्रक्चर उसमें दिख जाते हैं इनमें कोई दिक्कत होती है तो वो भी अपन को पता चल जाता है यदि अपन कलर डालेंगे तो उसमें जैसे एमआर है या एआर है वो पता चल जाता है एमआर एआर का मतलब जो ब्लड है वो वापिस उल्टी साइड में लीक कर रहा है तो वो भी अपने को पता चल जाता है दूसरा जो व्यू होता है वो पैरास्टनल शॉर्ट एक्सिस व्यू बोलते हैं उसमें जैसे प्रोब अपनी पैरास्टनल लॉन्ग एक्सिस में थी उस प्रोब को अपन ने नाइन्टी डिग्री घुमा दिया नाइन्टी डिग्री घुमाया प्रोब को तो वो नाइन्टी डिग्री पैरास्टनल शॉर्ट एक्सिस बन जाएगा तो पंपिंग पावर है वो अपन देख सकते हैं कि नॉर्मल कर रहा है यानी जैसे इस इमेज में एक साइड में आप देखेंगे कि हड्ड बहुत धीरे काम कर रहा है उसकी पंपिंग अच्छी नहीं है दूसरी साइड में हार्ड अच्छे नॉर्मल पंपिंग कर रहा है तो इस तरह अपन पंपिंग दे सकते हैं उसकी पंपिंग पावर कितना है नॉर्मल आदमी में जो पचपन परसेंट से ऊपर पंपिंग रहता है यदि पचपन से कम आ रहा है इसका मतलब उसका पम्पिंग कम हो रहा है और यदि पैंतीस परसेंट से भी कम है तो सीवियर उसका पम्पिंग पंपिंग का दिक्कत है जिसके कारण पेशेंट को चलते पीते तो सांस की दिक्कत होना छाती में भारीपन चेस्ट पेन थकान ये सब हो सकता है इसके अलावा अपन सोटक्स इसमें जैसे अरोटिक वाल है उसके तीनों कस दे सकते हैं राइट ए दे सकते हैं लेफ्ट ए दे सकते हैं इनके बीच में इंटर एयरटेल सेप्टम रहता है वो भी दे सकते हैं और पलमरी वाल पलमरी आर्ट्री और राइट वेंटिकुल आउटकलो ट्रेक्ट ये सारी चीजें अपन शोट अक्स में देख सकते हैं अब तीसरा व्यू आता है जिसको अपन आपको फोर चेम्बर व्यू बोलते हैं उसमें प्रोब अपन अपेक्स पे रखेंगे अपना और उसमें अपने को हार्ट के चारों चेम्बर दिख जाते हैं जिसमें लेफ्ट एटीएम लेफ्ट वेंटिवुल राइट एटीएम राइट वेंटिबुल माइटल वाली वाल दिख जाते हैं और इंटर सेप्टम, सिप्टम इंटरवेंटिकुलर सिप्टम वो क्लियर दिख जाते हैं तो इनमें इन चीज़ों में जो भी दिक्कत रहती है वो अपने को पता चल जाता है या जैसे हार्ट का लीक कर रहा है जैसे ट्राइक वाल से लीक कर रहा है टीआर है मेटल वाल से लीक कर रहा है एमआर है ये सारी चीज़ें अपने को उसमें पता चल जाती हैं तो इस तरह सिंपल टेस्ट है जिसे अपन हार्ट की बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं और बहुत ही ईजी टेस्ट है धन्यवाद